टीकमगढ़ में कांग्रेसी महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका महिलाओं ने मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रहे हैं इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दें टीकमगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा रैली निकाले जाने के दौरान कांग्रेस नेता लक्ष्मी दुबे के साथ अन्य महिलाओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए सीएम का पुतला दहन किया कांग्रेसी महिलाओं ने कहा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रहे हैं इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दे टीकमगढ़ कोतवाली के पास ही मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी ये प्रदर्शन पुलिस की कार्यप्रणाली और सूचना तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है रैली के दौरान क्या कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी या पुलिस को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज